चल, चल अरे जब भी ऊपर चढ़ता बंद क्यों कर देते हो कहा से पकड़ के ला इसको ये जब भी तू चढ़ता है ना ये बंद होता है पन होती है उधर उधर नीचे उधर